बारिश ने मध्य प्रदेश में किए गए विकास के दावों की पोल खोल दी है सारा सिस्टम करप्शन की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है पुल पुलिया ऐसे बने हैं कि बारिश में उनसे निकल पाना असंभव हो जाता है मानसा के रावतपुरा में जब हालात ऐसे ही विषम हो गए तो एक गर्भवती महिला को जेसीबी मशीन में बैठा कर नदी पार करवाना पड़ी ये तस्वीर विकास के दावों पर एक करारा तमाचा है मनासा के रावतपुरा के समीप बनी पुलिया पर नदी का पानी आने से मंगलवार को आवागमन बाधित रहा ऐसी विषम स्थिति में बेज़दा गांव की 30 वर्षीय गीताबाई गुर्जर को प्रसव के लिए मानसा अस्पताल लाया जा रहा था लेकिन पुलिया पर पानी अधिक होने से एम्बुलेंस नदी के उस पार घंटों खड़ी रही विषम हालातों में जेसीबी में बैठा गर्भवती महिला को पुलिया से निकाला गया दूसरे किनारे पर खड़ी एम्बुलेंस से उसे अस्पताल लाया गया जहां से गर्भवती महिला को जिला चिकित्सालय भेजा गया इस मामले के सामने आने के बाद विधायक मारू ने पानी कम होने पर प्रशासन को जल्द पुलिया मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं